मुझे अपने किरदार पर इतना तो यकीन है लोग मुझे छोड़ तो सकते हैं, लेकिन भुला नहीं सकते चार तीन दो एक दुनिया लोग सारे फेक म्यूजिक